वेलेंटाइन डे के दिन जहां कई कपल्स ने अपने प्यार का इजहार किया वहीं टीकमगढ़ से एक ऐसा भी मामला सामने आया जहां पत्नी ने सरेरा पति की पिटाई कर दी पत्नी यही नहीं रुकी वो पति को मारते हुए थाने भी ले गई तो डे को प्यार के इजहार के लिए जाना जाता है लेकिन इस दिन जब किसी पति की पिटाई हो जाए तो यह चर्चा का विषय बन जाता है मामला टीकमगढ़ का है जहाँ एक पत्नी ने अपने पति की वैलेंटाइंस डे के ही दिन सरेरा पिटाई कर दी और उसको पकड़ थाने ले गई पत्नी राजस्थान की निवासी है और पति टीकमगढ़ का रहने वाला है और कुछ दिन पूर्व दोनों ने मंदिर में ही शादी की थी एक तरफ जहां पति ने पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है तो वहीं पत्नी ने पति पर दूसरी लड़की से अफेयर का चक्कर चलने का आरोप लगाया है संगीत की सोलहियों ऐसी सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों ऐसी नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी ऐसी मेहनों तक खेलों ऐसी मेलो तक